कहे ये पानी देरा कह पाए बे रस कोई दिल में सिवाते सोचो सराब चाहते हो या जा चाहते हो ताके दर बनके जरा जरा अजमली सी हो गई जरा जरा जैन से दुश्मनी सी हो गई तुम मिले हो गया यह खुद का ही पता क्या कोई समझाए सी मिन्न इना सोना इन्ना सोना बनाया रद्द होने लगा मैं तेरे पाल या तेरे पाल कभी कस से ना रह सकूंगा तेरे दिल ना जी आ, कभी तेरे दिल ना जी सकूँगा चाहे Shikwa nahi kisi se iss se ke laa do na samjho mohabbat hai na woh hi chaah tunge apne liye bana hai maan le i feel like but i do you know i believe If you move out from my side, I'll be losing. I'll be losing The grip on you.